चलो अरे यार तू तुकारो खातूला हां हमारा काम कर ले चलो चलो हमारा काम करते हैं चलो आराम से उसका हाथ लगाओ चलो ओबा मैं बैठ तो जाऊं मैं एक दबा देते हैं पति मार हां हां कर दे कर दे अपना अपना पत्तू करना अरे इनको निकालो आखिर लो माई बाप सब है यहाँ पे